आरे गजब बीत चली दुनिया में राम राम राम गजब बीत चली गजब बीत चली दुनिया में राम राम अरे जन्मदिन में पूजा और पाठ ना किया अरे निया पकला दई चाखू और भोजा चली चली दुनिया में राम राम राम मे गजब दीप चली ल के आज समय में, में एक फैशन के तौर पे, तोर पे। में जी से पर हो जाते माता जी से बाई हो सुंदर हो जो सब लेकिन जो तो सब पीछे आजकल ऐसा बोल भी बच्चों हमारी बीजीत हो रही है अरे मम्मी से मो में पापा से का अरे मम्मी से में काए पापा से डेट और बाई खां चटाई और मेडम खांड गीत चली के गजब रीत चली दुनिया में राम राम राम गजब रीत चली गजब रीत चली दुनिया में राम राम राम गजब रीत चली बहुत, बहुत अच्छी, अच्छी बात हर लेन में कौनों ना कौनों एक विशेषता जैसे अगली लेल में आज कल की पहनावा देख के पत्नी चलत के जो लड़का चलो जा जा बिटिया चली रही भाई साहब तिवारी जी बैठे बस पे चढ़ेगर जाना तू बस पे चढ़े पीछे से अंदर बस में गए सो सवार जन का पीछे करे चले गए जैसे बीस बस में पहुंचे हाँ, अरे तो तो लड़का और बिटियन में बची नो बिटियन में जैसे एक फिल्म आई थी गजनी गजनी फिल्म में बार ऐसे कटते जैसे आजकल हार बेस्ट गल्ला नहीं कटाता इसके पहले एक फिल्म आई थी तेरे नाम तेरे नाम में ऐसे बीच में वो मांगने गाली जाती एक लड़का ने बढ़िया अब गाँव के लड़का शहर में आकर रान लगा सो बहुत नए नए शौक कर आजकल चल रही तेरे नाम की कटन काट दी अब तेरे नाम की कटंग कटवा के दूसरे दिन अपने गाँव चलो गु ने सोची की हम अपने गाँव में जबी जोन मोर ए पड़वे वाई दी देखे के आ पप्पू कितना अच्छा लगा था बढ़िया लग रो और जैसे ही गांव में पहुंचो, तो और वो और ना, ना मिलो को कोई एक से 60-70 साल की चली ने जैसे बार देखे डोकरिया बोली क्या बेटा ते लग तो रो रही यही गांव को लेकिन बार कैसे कटाया हो अब लड़का ने आठ सौ रुपया दे कटेंगे तो लड़का ने छोटी बहु भी बार अच्छे लग रहे तो लड़का बोलो अरे जे तेरे नाम के बार हैं बोली तू तू लगे ते चार दिना से शहर में राम लगो से मुखर कटाओ नो को नई लुहारी के नाव के कटा जो थोड़ी जीवन बार लगाऊती अरे में मर घटे कूगा दे रही, रही, रही आज मरोग का बार कटाओ लड़का बोले यहां समय चल रहा है ऐसा एक हो तेरे नाम सब जने ऐसा ही कटा मैं कटाया अरे रज्जू एक तुझे छोट खुद खास एक बहुत अच्छे युवा कवि हैं रज्जू राजा जी पटेरिया जी की जन्मभूमि से तिदरी से लिख रहे अरे रजू एक दूजो छोड़े खुद खुद खास अरे कलयुग में करम दंड रहे ना वो दार। गजब लीत चली गजब लीत चली दुनिया में जी